हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में मैं ऐसे पांच ऑनलाइन साइट्स के बारे में बात करूंगा जहां पे आप इनकम कर सकते हैं घर बैठे है, इसके लिए ना कोई आपको एक्स्ट्रा डिग्री की ज़रूरत है ना कोई क्वालिफिकेशंस की बस आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए और एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए तो ये पांच तरीके क्या है जानेंगे तो इसके लिए आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए चलिए शुरू करते हैं नंबर वन है यूट्यूब YouTube में पैसा इनकम होता है ये तो सभी जानते हैं लेकिन कैसे होता है फर्स्ट ऑफ ऑल YouTube में आपको एक चैनल क्रिएट करना होगा जहाँ पे आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच वॉचआवर टाइम चाहिए तो ये क्राइटेरिया जब आपका मिट हो जाएगा YouTube अपने आपके चैनल पर मोनिटाइजेशन करने का ऑप्शन एलेवन कर देगा जब ये ऑप्शन एलेवेल होगा आपके चैनल पर तो तब आप एड रन करके उसके थ्रू इनकम कर सकते हैं नंबर टू है फेसबुक पेज फेसबुक पेज के थ्रू भी आप इनकम कर सकते हैं इसके लिए आपको एक फेसबुक पेज बनाना होगा जहाँ पे आप अपना स्किल्स बोलिए अपना पैशन बोलिए कुछ भी वहाँ पे शेयर कर सकते हैं अगर आपका फॉलोअर्स वहाँ पे इंक्रीज होता है और दस हज़ार से ज़्यादा क्रॉस कर जाता है तब आप वहाँ पे मोनेटाइजेशन इनावल कर सकते हैं नंबर थ्री इंस्टाग्राम जी हाँ दोस्तों इंस्टाग्राम से भी आपका पैसा इनकम कर सकते हैं उसके लिए भी आपको सेम क्राइटेरिया है आपका ज़्यादा फॉलोअर्स होना चाहिए ताकि आप पब्लिक में आपका डिमांड ज़्यादा हो और वहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट्स का एड देके भी इनकम कर सकते हैं कोई भी कंपनी अगर आपको आके डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट ऐड रन करने के लिए बोलता है आपके इंस्टाग्राम पेज पर पे, तो वहाँ से भी आप ऐड दे इनकम कर सकते हैं दोस्तों चौथा जो चीज़ है वो है अमेजन एफिलेशन अमेजॉन एफिलेसन एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आप अमेजोन का प्रोडक्ट बाहर कहीं पर भी सेल करके अपने दोस्तों में या फिर सोशल मीडिया में सेल करके इनकम कर सकते हैं और वो जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज आपको देता है कमीशन अमेजन सेलिंग के लिए अमेजोन एफिलेशन का प्रोग्राम में आपको फॉर्म फिलअप बहुत ही ईजी है अमेजन एफिलेसन आप गूगल में सर्च कीजिए वहाँ पर डायरेक्टली फॉर्म फ़िलअप कर सकते हैं उसमें आपको बैंक अकाउंट वगैरह का भी डिटेल डालना होता ताकि उसमें अगर आपका वन थाउजेंड से ज़्यादा जब इनकम हो जाता है आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिफ्थ जो चीज़ है दोस्तों मेशो मेशो एक ऑनलाइन रीसेलिंग ऐप है जहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है आपका क्लॉथिंग वगैरह बोलिए शूज़ वगैरह सब कुछ रहता है यहाँ पे यहाँ पर आप रीसेलिंग करके इनकम कर सकते हैं और यहाँ पर जो आपका मार्जिन रहता है मतलब की प्रॉफ़िट जो रहता है वो आप खुद तय करते हैं जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपीस का है और वो प्रोडक्ट आप 150 में अगर उसको बेचते हैं तो 50 रुपीस आपका डायरेक्ट मुनाफ़ा रहता है डायरेक्ट प्रॉफिट रहता है तो मेशो ऐप में भी आपको ये सब डिटेल्स फ़िलअप करने के लिए बैंक अकाउंट्स वगैरह के डिटेल्स चाहिए वहाँ पर आप फिलअप करते हैं जब कोई आपका प्रोडक्ट आप शेयर करते हैं फेसबुक में या फिर कहीं और दोस्तों में प्रोडक्ट को शेयर करते हैं उसको री uh, सेल करते हैं ऑर्डर रिसीव होने के बाद कस्टमर जब डिलीवरी बॉय को पेमेंट कर देता है तब उससे जो मार्जिन मनी आपका रहता है डायरेक्टली अकाउंट में क्रिडिट हो जाता है तो दोस्तों ये था पास तरीके जहां पे आप इनकम कर सकते हैं ऑनलाइन में घर बैठे ना इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है तो अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी नए अपडेट आते रहेंगे